आद्यतन अपराधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें आद्यतन अपराधी एक युवक की बहरहमी से पिटाई कर रहा है वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए अपराधी पर केस दर्ज कर लिया वायरल वीडियो छतरपुर का है वीडियो में दिख रहा है कि आदतन अपराधी भारत द्विवेदी पुरानी रंजिश के चलते अंकित तिवारी नाम के युवक की पिटाई कर रहा है भारत युवक को अर्धनग्न करके बेल्टों से मार रहा है अपराधी भारत ने पिटाई का वीडियो अपने साथी ऐसी बनवाया और उसे वायरल कर पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी वीडियो में ही एक युवती भारत द्विवेदी ऐसी अंकित तिवारी को छोड़ने के लिए गिड़गड़ा रही है लेकिन युवती की गुहार लगाने के बाद भी ये आदतन अपराधी भी उस युवक को बेरहमी से पीटता रहा पिटाई की वजह से युवक को गंभीर चोटें आई हैं जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है पुलिस ने भारत द्विवेदी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है इस आदतन अपराधी पर पहले भी थानों में कई मामले दर्ज है ये से था। और जिसकी तस्दीक की गयी आज जो लड़के के साथ